हेलो दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छोटा नागरिक में तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा छोटा नागरिक रहेगा तो इससे पहले हम इसको डिस्कस करें आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो में पीछे आने वाली साउंड को इग्नोर करिएगा और डिस्ट्रैक्शन से जो भी चीजें हो रही है बातें कर रहे हैं तो वो चीज फिर उतनी समझ नहीं आती है ठीक है तो आप उससे थोड़ा दूर रहिए तो पहले जो आप देख रहे हैं इसमें छोटा नागरिक देख रहे हैं जिसका नाम है वेबसाइट का इसमें हम चार सेक्शन है सर्विस पार्ट टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इसको हम डिटेल में वाँ वाँ ठीक है। पार्ट पार्ट पार्ट टाइम टाइम टाइम डिजिटल सॉल्यूशंस तो एक वर्क की तरह आप इसमें काम कितना कर पाते हैं और पहले क्यों नहीं तो, चीजें हम पहले क्यों नहीं करते हम अपना टाइम को प्रोडक्टिव बना पाए इसमें तो वो चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जानेंगे थोड़ी देर में ही तो जो पहला सेक्शन है आपका सर्विसेज है तो ये ही खुलता है आपका वेब डिजाइन डिजिटल मार्केटिंग एप्स बिजनेस ग्रोथ इस सेक्शन में हम बिजनेस को ग्रोथ करवाते हैं अगर किसी का बिजनेस डिजिटली नहीं, नहीं चल रहा है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कि नहीं चल रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं वर्क पता चला कि कमी कहीं और ना तो ये सोल्यूशन होते हैं जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता डिजिटली तो कहीं और हो, ठीक है बट कहीं और हो, तो वो फिर इशू रहता है उसको समझना होता है पार्ट में अब हमारे पास ये तीन सेक्शन है पार्ट टाइम ऑनलाइन मोड जैसे टाइम पे पार्ट टाइम बेसिसाइम बेसिस में भी ना बहुत अच्छी इनकम है कि आपको पैसे मिल रही है यार पैसे इनकम भी मिल रही है एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी है इसमें टाइम टूट गेम क्लास में जैसे ये रहेगा आपका कि वो जो मैंने पहले आपको डिस्कस करके बताया था कि हम अपना टाइम को कैसे प्रोडक्ट बनाए इसमें वन ऑन वन क्लास दूंगा मैं इसको अटेंड करनी है टर्म्स कंडीशन पढ़ ले फिर वो मुझे मेल कर सकता है जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में गए दिखा देता हूँ मैं आपका पेज ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली हैं इस जी मेल ही रहेगा चल इसको आप पढ़ लीजिएगा तो जो पहला सेक्शन है इसमें इसमें हम आपके आपके को को को जैसे मैंने अपने को बनाया, मैंने अपने अपने बनाया बनाया समय वो वो वो कैसे किया तो वो की जाएंगी अगर कोई होगा आप भी पूछ सकते हैं में हमारा ये है कि हाउ टू इसका प्राइस रखा था बट फिर मैंने नहीं इसको करते हैं। तो मैं इसको फ्री कर दूंगा फाइव मिलियन आप रीच करवा दीजिए मैं इसको यूट्यूब मैं फ्री कर दूंगा सबके लिए ठीक so है फ्री टारगेट दोनों पे इस पर वर्क किया जाता है बट मेन फोकस हमारा इसमें पैसे भी इनकम रहता है तो आप इसमें अगर आपने पहले किसी कोर्स में इनवॉल्व किया हुआ है जहां पे आपसे बातें की तीस लाख कमाए चालीस लाख कमाए अगर आप नहीं कमा पा रहे तो वो मुझे मेल कर सकते हैं कि यार हमने पहले ज्वाइन किया था और हमारी एर्निंग नहीं हो पाई है और रही आपको तो लाख तक भी पहुंच जाता है और ना पहुंचा तो दो हजार तक भी नहीं पहुंच पाता बट ये की निकल जाएगा ये छह कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है पैसे भी इनकम है एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए चाहे आप जायका स्टार्ट करें चाहे हम रेस्टोरेंट स्टार्ट करें बट यहाँ पे वही इन्वेस्टमेंट है छोटी सी इन्वेस्टमेंट में हम आपको इनकम दे रहे हैं पैसिव इनकम, बाकी टर्म्स कंडीशन आपको जो इंटरेस्टेड हो मेल कर दे, उनको भेज दिया जाएगा जो भी पढ़ लीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशन उसके बाद ही आप एनरोल करिएगा ठीक है मैं प्रोमिस नहीं करता की मैं आपको इतने लाख दूंगा उतने लाख दूंगा पैसे इनकम है इसका कोई भरोसा नहीं है दस भी हो सकती है लाख भी हो सकती है डिपेंड करता है तो आगे हमारा टॉपिक रहेगा तो हम अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कैसे लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है तो इसको और अच्छे से सुनिएगा तो इसमें जो पहला एडवर्टाइजमेंट है ये एडवर्टाइजमेंट अच्छा है मिलेंगे तो पहला सेक्शन जो है आपका आपके सामने है देख रहे हैं बुक ऑफर इसमें ऑफर आपको बुक करना है बुक ऑफर नाव पे क्लिक करेंगे ये आपको अपना नाम ईमेल कोई मेल हो हमारा लाइक या कुछ भी मोबाइल नंबर स्टेट सिटी पिन कोड भेज सकते हैं इस पे भेज दीजिएगा तो अब यहाँ पे जो आपको एक पैकेट विद ब्लू कोट लेंसेस मिलेगी वो है आठ का प्राइस बट जो पहले हंड्रेड होंगे ना उनके लिए अभी जो मेरा ऑफर रहने वाला है जो फर्स्ट सब्सक्राइबर जो होंगे 100 उनके लिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज लेके आया हूँ यहाँ पे तो ये मैं उनको दूंगा 400 में आप सही सुन रहे हैं फोर में बाकी का जो गैप रहेगा वो मैं बी आर करूंगा वो मेरी हेडेक है तो जो तभी मैंने कहा था कि वीडियो ध्यान से सुनिएगा जो ध्यान से सुन रहा है उनके लिए बेनिफिट रहेगा इसमें कंप्यूटर क्लासेस मिलेंगे ये आज के टाइम पे जो भी वर्क डिजिटली करते हैं वो आपको इसमें मिलेगा और जिनका कंप्यूटर पे काम है उनके लिए एक बार प्राइस पता कर लीजिएगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ सेकंड ऑफर ये भी लिमिटेड रहने वाला है ये उन लोगों के लिए है लाइक फॉलो तो like करके आएंगे हर किसी को नहीं रहेगा ये ऑफर ठीक है तो ये आपके लिए ऑफर हो गया देन अगला सेक्शन हमारा है कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट में आप जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं एंड ये मेरी वरबाई मैन मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा फेसबुक का पेज है तो आपको यहाँ पे लाइक करना है अगर आपको ऑफर चाहिए तो बाकी कॉन्टेक्ट में एक बार आप देख लीजिए ये मेरे को जैसे आपको पहले ही खुला था अभी फिर से देख रहे हैं देन आपका यूट्यूब का लिंक ये मेरा यूट्यूब का हो गया देन आप ये देख रहे हैं